प्रेम छिपायो नहीं छिपेन उल में उठे दाबी उ कस्तुरी रिवा जो मैं ऐसो जानती दुख हो नगर डिनो रो पीटती को अरे तुम वेद करें जाओ मुझे रोग भारी है अरे तुम वेद गरे जाओ कणकन कर नाड़ी देखे दे जाए नाड़ी वेद जाने नहीं मूर्ख का नाड़ी है नाड़ी रे वेद समझे नहीं मूर्ख नाड़ी गोट गोट पावे मने खरी जेर बूटी है राम नाम मिटा लागे और माता तुम वेद घरे जाओ में का मंडल सोमेत का तिलक धारी है मीरा क्यों दुखी आ रही है अर तीन लोग तारो नाथ मीरा क्यों दुखी आ रही है तारना तुम्हारे हाथ हर तुम्हारी है अर तारना तुम्हारे हाथ हर <sung> धरे धरे मुझे भारी। मुझे भारी। <genicking> बोलो मीरा के श्याम की हो। बोलो कृष्ण चंद्र भगवान की